हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साम टेक्नोलॉजी में तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जो Realme सेवन डिवाइस है उसमें स्टेबल अपडेट आने के बाद मतलब कि मैं आपको एक फुल डिटेल रिव्यू दूंगा कि इस्टेबल अपडेट आने के बाद क्या क्या फ़िक्स हुआ है या अभी क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो चलिए मैं आपको देखता देखता हूँ Realme UI 2.0 का जो इस्टेबल अपडेट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिए ऑफिशियल वर्जन है, है C.08 का तो इसके पहले जो है वो C.07 यूज़ कर रहा था मैं तो मुझे जो इस्टेबल अपडेट है वो मिल गया अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इस्टेबल अपडेट के बाद जो हमारा डिवाइस है वो कैसा हो गया है तो हाँ हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे जैसे कि कैमरा टेस्टिंग पर और चार्जिंग टाइम कितना हो गया है बैटरी ट्रेनिंग टाइम कितना हो गया है इसका और हम गेमिंग हीटिंग सबको लेकर बात करेंगे तो चलिए हम बात करते हैं पहले गेमिंग को लेकर क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या है कि गेमिंग में कैसा जो है वो हमारा डवाइस परफॉर्म कर रहा है अपडेट के बाद बहुत मुझे कमेंट आते हैं तो चलिए गेमिंग के ऊपर मैं आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के जो है अपलोड कर दूंगा गेमिंग के ऊपर जिसमें मैंने वी खेला है कुछ आधा घंटा खेला है 60 FPS पर तो वो मैं आपको शॉर्ट में जो वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूंगा तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मतलब कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसा जो है परफॉर्मेंस कर रहा है अभी तक मैं आपको बता दूं तो ओवरऑल मुझे कोई और ईशू देखने को नहीं मिला मेरा जो गेम है बी वो 60 एफ पर ओपी चल रहा था मतलब कि मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था और जो हीटिंग का मैं आपको बता दूँ तो जो मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा सेपरेट उसमें मैं आपको हीटिंग का भी बताता रहूँगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा और अभी मैं बता दूँ तो हीटिंग की भी इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सिक्सटी एफ़ करते हैं बी एम आई को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 60 एफ जो है जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है G95 नाइन्टी है क्योंकि इसमें इसलिए नहीं दिया इनबिल्ड क्योंकि जो एक्सट्रीम है उससे जो हीट है अप हो ज़्यादा हो तो होने लगता है तो हीट मेंटेन इसने करी है अगर मैं 60 एफ पर गेम खेल रहा था मैंने कुछ आधा घंटा गेम खेला था तो मेरा जो टेम्परेचर है वो फोर्टी अराउंड फोर्टी तक ही गया बस और अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं C.07 यूज़ कर रहा था मतलब कि जब बीटा अपडेट था तो जो मेरा हीटिंग है वो 45, 46 तक जा चला जाता था मुझे बहुत टेंशन होता था मतलब कि 45 से अगर ज़्यादा हो गया तो मैं उसको ओवरहीट हीट मानने लगता हूँ इसलिए मुझे जो है वो प्रॉब्लम होने लगती थी और मैं आपको बताऊं जो गेमिंग है उसमें इसमें बहुत स्मूथ चल रही है 60 FPS पर आप BGMI आप हाई ग्राफिक्स पर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हीटिंग ईशू भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो अब बात करते हैं हम इसके कैमरा की इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो इस्टेबल अपडेट के बाद उसमें क्या क्या इम्प्रूव हुआ है या क्या क्या मतलब न्यू फीचर्स आएँ तो चलिए मैं आपको एक बार इसका कैमरा जो है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो ये देखिए मैं भी क्या है मैं भी थर्ड फ्लोर पर हूँ छत पर मेरी तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैमरा की क्वालिटी जो है मुझे इसमें कोई ख़ास अंतर देखने को नहीं मिला जैसी पहले थी वैसी ही है मैं कहूँगा कि इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है मैंने खुद टेस्ट किया इसमें फ़ोटो मोटो भी डिसेंट आते हैं मतलब कि कोई बुराई नहीं है और इसकी जो वीडियो परफॉर्मेंस की बात करूं मैं इंडोर में मैं जब इससे वीडियो शूट करता हूं तो भाई मैं अनसेटिस्फाइड हूं इससे क्योंकि मुझे जो है एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती वीडियो की इसमें और मैं अगर 60 एफ में इससे वीडियो रिकॉर्ड करूं तो भी मुझे अच्छी क्वालिटी जो है देखने को नहीं मिलती मतलब मुझे आउटडोर ही शूट करना पड़ता है अगर मैं इससे शूट करूँ तो और अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फोर में फिर शूट करना पड़ता है इससे मुझे तो आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियो की क्वालिटी है जो 60 fps में कलर बाकी सेचूरेट कलर ज़्यादा कर देता है ये ठीक ग्रीन है तो वो आपको ज़्यादा उभरा हुआ ग्रीन दिखाई देगा बल्कि हम नेचुरल ग्रीन कह सकते हैं और 64 मेगापिक्सल जो लेंस इसका वो काफ़ी बढ़िया है मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि जो पोस्टिंग प्रोसेस है इसकी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अभी आपको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा तो ये क्लिक हो गया अब इसकी जो पोस्टिंग प्रोसेस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये देखिए काफ़ी जो मतलब जो डिटेल्स हैं वो बारीकी से ये कैप्चर करता है देखिए मैं आपको दिखाऊं मुझे इसकी यही बात बहुत अच्छी लगती है और जो ब्लर है वो भी ये थोड़ा बहुत दे देता है इसका जो लेंस है वो काफ़ी मतलब छोटा ही है बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर होता लेकिन हम अभी इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कैमरा क्वालिटीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा कैमरा क्वालिटी जो है बाकी में इम्प्रूव हुई है ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा न्यू फीचर्स की बात करूं तो कोई न्यू फ़ीचर्स नहीं है अगर आप रियल मी वन पॉइंट ओ यूज़ करते थे तो आपको कुछ नया लगेगा इसमें एक ये आपको मैं बता देता हूँ जूम इन जूम आउट का आप ऐसे जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं फ़ोटो में और अगर आपको वीडियो में यूज़ करना हो जैसे कि आप वीडियो आप क्लिक कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं जूम आउट का चलिए तो हम अब चार्जिंग की बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है वो चार्जिंग का जो मैं चार्ज किया हूँ इसको उसका टाइम कितना लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको जीरो टू हंड्रेड चार्ज करके देखा है और आप टेंसन मत लीजिए आपको मैं जो है एक सेपरेट वीडियो इसका भी बना के अपलोड कर दूँगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और अभी मैं बता दूं कि मुझे मैंने टेस्ट किया था जीरो टू हंड्रेड परसेंट इस चार्ज होने में इसको लगे थे एक घंटा पंद्रह या बीस मिनट लगे थे जब ये मोबाइल न्यू न्यू जो लब लॉन्च हुआ था तो एक घंटा छः मिनट लगते थे मैंने देखा था और मैंने टेस्ट भी किया था लेकिन अभी ये थोड़ा लेट हो गया एक घंटा बीस मिनट लग जाते हैं ओवरऑल एक घंटा पंद्रह मिनट मान के चलिए तो चार्जिंग टाइम इससे हमें कोई लेना देना नहीं है बढ़िया है क्योंकि हम कभी जीरो परसेंट पर चार्ज लगाते भी नहीं हैं मैं जो है वो पचास परसेंट पर ही चार्ज लगा देता हूँ या तीस परसेंट तक जा रहता है या आप ज़्यादा से ज़्यादा बीस परसेंट तक आप चार्ज लगा ही दोगे तो आपको जल्दी जो है वो चार्जिंग देखने को मिलेगी मैं 50 परसेंट पर लगा देता हूँ तो मुझे जो है 40 मिनट में 45 मिनट तक मुझे चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है मेरी और अगर मैं 60 परसेंट पर भी लगाता हूँ कभी कभी तो मुझे और जल्दी मिल जाती है तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि लेट कर रहा है चार्जिंग या कुछ कर रहा है और मैं हीटिंग की बात करूँ कि चार्जिंग के समय हीटिंग कितना होता है तो वो भी कुछ ज़्यादा हीटिंग नहीं होता फोर्टी फोर्टी ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक कभी कभी पहुँच जाता है जब हम 0% पर जो है मोबाइल इंस्टर्ट करते हैं तभी जो है वो 42 पर पहुँचता है नहीं तो 41 इनफ़ इनफ वहाँ से ज़्यादा नहीं जाता और ये एक बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है इससे कोई हमें मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है हम चार्जिंग जब डिवाइस को हटाते हैं चार्जिंग से तो ऑटोमेटिक जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारा डिवाइस है वो पहुँच जाता है क्योंकि चार्जिंग के टाइम हीटअप करता ही है मोबाइल क्योंकि जो बैटरी है वो उस पर लूट पड़ता है जब वो चार्जिंग होती है तो हीटिंग का भी कोई इशू नहीं है चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं है आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे इसमें जो है रियल 2.0 में एक बात बहुत मतलब गलत हुई है कि इन्हें चार्जिंग के टाइम पर जो डेसीमल चार्जिंग शो होता था काफ़ी बढ़िया लगता था लेकिन अब इन्होंने रिमूव कर दिया है उसको तो चलिए इससे कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है वो तो हमें शो करने के लिए था कभी कभी तो इसका बैटरी ट्रेनिंग है वो कितना चलता है इसका बैटरी कितना दिन चलता है क्योंकि अपडेट के जो बीटा अपडेट था जिन्होंने बीटा अपडेट लिया था उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी वो तो बहुत कमेंट कर रहे थे मुझे कि भाई बैटरी बिल्कुल नहीं चल रही हीट अपरा मतलब कि पूरा मोबाइल ही बेकार हो गया था ये समझिए आप लोग ठीक है तो अब मैं आपको बताऊं कि स्टेबल अपडेट के बाद जो है हमारी बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है मुझे मतलब वाकई में मुझे इम्प्रूवमेंट लगा है कि अपडेट के बाद जो है रियलमी ने इम्प्रूव किया है क्योंकि जो है मेरी बैटरी एक ही दिन मैं नहीं चला पाता था, था। मेरी बैटरी है अगर मैं 100% चार्ज कर लूं तो मैं एक ही दिन नहीं चला पाता था बीटा अपडेट जब मैं यूज़ कर रहा था 3.07 3.06 में तो मुझे काफ़ी मतलब गुस्सा आता था लेकिन अपडेट के बाद मेरी बैटरी जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है जैसे कि मेरी कल जो मैंने कल टेस्टिंग की थी तो मेरी जो है बैटरी वो एक दिन तक आराम से चली गई थी और मैंने सौ जो है वो चार्ज किया हुआ था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हैं आप अगर मतलब कि हार्डकोर गेमिंग करते हैं तो आपको फिर एक दिन से कम ही बैकअप मिलेगा इसका जैसे कि मैंने गेमिंग की थी तो मुझे एक दिन कम ही बैकअप मिला था मतलब कि सुबह मैंने चार्ज किया हंड्रेड परसेंट तो मुझे शाम को जो है वो चार्ज करना पड़ा था मेरा बीस मोबाइल बता था शाम को मुझे मतलब कि छः सात बजे मुझे रात ही समझ लो तो मुझे चार्ज करना पड़ा था अगर आप गेमिंग कर अगर आप गेमिंग नहीं करते नॉर्मल ही मल्टीटास्किंग uh, करते हो तो आपका जो है एक दिन बैटरी जो आराम से जाएगी बिल्कुल आराम से और अगर आप मतलब कि बहुत ही कम मल्टीटास्किंग करते हो फ़ोटू मोटू क्लिक करते हो या आप सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हो तो आपको एक डेढ़ दिन दे आराम से बैटरी जो है चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है इसकी इसके बारे में जो इसकी जो आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले है दोस्तों वो बहुत ही इसकी जो बैटरी है वो मतलब एब्जॉर्ब करती है ये मुझे बहुत अच्छी बात नहीं लगी क्योंकि आई पी डिस्प्ले है ना वो हम कोई सा भी डिवाइस हो दोस्तों उसमें जो है बैटरी वो ऑब्ज़र्व ज़्यादा करती है उसमें बैटरी बहुत जाती है और जो एमुलेट डिस्प्ले उसमें बैटरी बहुत सेविंग होती है तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों इसी और वीडियो देखने के लिए मैं आपको ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा और अभी गेमिंग की वीडियो और चार्जिंग की वीडियो और कैमरे की रिव्यू की वीडियो आने वाली है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को वीडियो देखने के लिए और बेलाइकन को ज़रूर प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों लाइक मुझे बहुत ज़रूरी होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों